चाहत हाँ तुम्हें कैसी चाहिए मुझे हुँ? मुझे ऐसी गर्ल चाहिए जिसके गोद में अगर मैं सिर रखू तो उसका फेस ना दिखे <laughs> पागल, <तुम> पागल। <laughs> तलाक के बाद बच्चा मेरे साथ रहेगा नहीं मेरे साथ रहेगा बाहर रे मटका मेरा दूध मेरा थोड़ा सा दही क्या डाल दिया पूरा पनीर तेरा कर रहा है यार कुछ नहीं यार एक बात बता ये प्यार मोहब्बत इश्क क्या होता है ये सब कुछ नहीं होता है सब ठोकने के बहाने होते हैं तुम्हें क्या पसंद है मुझे डॉगी और तुम्हें उनका स्टाइल प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राजा प्यार कोई मजाक नहीं होता तुम्हें मेरे ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे और महंगे गिफ्ट देने पड़ेंगे तब जाके मुझे तुमसे प्यार होगा <laughs> तो क्या तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगी हुकुम करो मेरे आका। अच्छा तो मुझे किस कर दो हुकुम करो, नहीं। चार। चार। चार। चार। चार। चार। चार। चार। <laughs> भाई जल्दी क्या तू पानी लेके आ पानी लेके आज भाई पूछ से ऐसे याद से देखे नहीं जाते <laughs> मेरा बाबू मुझे बर्थडे में क्या दे रहे हैं अच्छा काम किया करो खुशी मिलेगी मैं नहीं मिलूंगी अब तू कौन मैं खुशी पागल है यार खुशी ये पाँच और पाँच कितने होते हैं पचपन दो हजार उन्नीस और बीस बैच वाली है क्या सब ठीक है या एक बात बता सब ये क्यों बोलते, है? है, है? बोलते है हैं तोतला है तोतला है। दूध बोलते हैं ताले डलते हैं क्या हुआ कुछ नहीं, कुछ, नहीं, कुछ, नहीं, कुछ नहीं। <laughs> क्या हो गया भाई कुछ दिन से तुझे मैं इस पेड़ के नीचे ही देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई किसी ने कहा था पेड़ के नीचे और छाया मिलेगी भाई तीन दिन से वेट कर रहा हूं। ना छाया। अरे भांजे तो दो तीन दिन से दिखने जाता कहीं गया हुआ था क्या हाँ मामा वो मैं ना इंग्लैंड गया हुआ था अरे इंग्लैंड में कहा गया हुआ था दरभंगा चल रही है अनवर भाई भाई तो मैं ना लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए एक के बाद एक वीडियो बनाता हूँ और जब वीडियो पे कम लाइक आते हैं तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता हूँ हम भी जाना है कौन को लगा लेता हेलो कहाँ पर ये है बस अपने पापा की बी में शॉपिंग करने जा रही हूँ अरे जिस टेम्पो में तू बैठी है ना पीछे तो में लटका बचे भाई अपना <laughs> भाई भाई किसी को तकलीफ में देख उस पर जरूर हंसे क्यों तो भाई ताकि वो अपनी तकलीफ भूलकर आपको गाली देने में बिजी हो जाए <laughs> हेलो भाई शराब मिल जाएगी आपके पास नहीं पूरे शहर में नशा बंदी है तो ठेके पे रखी क्यों है शराब इमरजेंसी के लिए है वो अगर किसी को सांप बिच्छू काट ले तो उसको मिल सकती है तो ये सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे आ। आ। भाई ये लड़की दिख रही है अब बहुत चालू हुई है ढंग से बात करना गर्लफ्रेंड है मेरी वो और वो बिचारी बहुत सीधी है कैसे मैंने उसको सात बार अलग अलग आई डी मैसेज करा और वो बिचारी सातों बार मुझसे पट गयी मामा आ, क्या हुआ भाई यार पहले ना मैं अपनी जींस नहीं धो पाता था oh no. फिर दोस्तों ने कहा कि शादी कर ले अब मैं सारी भी धो लेता भाई। भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई।, भाई भाई यार कभी मेरी बातों का बुरा लगे तो समझ लेना गलती तुम्हारी होगी हो हे भगवान मुझे एक बॉयफ्रेंड दे दो मैं बॉयफ्रेंड हूँ अच्छा भा तो तुम मेरा हुकुम करो मेरे मोबाइल में 500 का रिचार्ज करवा दो हुकुम करो बच्चो यार आमिर हमें भी जानवरों की इज्जत करनी चाहिए अब तो बता हमने तेरी कब इज्जत ना करी बता कब इज्जत ना करी हम जानवर हैं ये बात को सबको बताते जानवर ये बता इज्जत करना करी बेटे जावेद भाई हो सकता है आज रात को तुम्हारे घर पे आऊँ मैं यार क्यूँ ब वो अभी मैं इधर से रहा था तो तुम्हारे पापा एक किलो मुर्गा लेके जा रहे हैं <laughs> किसी ने क्या खूब कहा है कहा होगा तू अपना काम करो नो नो नो तुम्हारे पास जब ढंग का घर कोई है ही नहीं तो पुजवा को लाओगे तो रखोगे कहाँ हम, हम क्या गिरा चाचा मेरी शर्ट गिर गई। शर्ट गिरी है या आप नहीं मैं तो शर्ट के अंदर था <laughs> क्या करें यार शरीर में ताकत चर चर बोल रही है और लड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा अरे है कोई जो दो दो हाथ करना चाहता हो जावेद भाई हो सकता है आज रात को तुम्हारे घर पे आऊ मैं यार क्यों बे वो अभी मैं इधर से आ रहा था तो तुम्हारे पापा एक किलो मुर्गा लेके जा रहे है you <laughs> सुनो आई लव यू हाँ लेकिन लड़कियाँ हमेशा धोखा देती है तो फिर अपने लिए लड़का ही ढूंढ ले जाओ मानी भाई भाई यार पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं धीरे बोलो दीवारों को भी कान होते हैं ठीक है मान लिया दीवारों को भी कान है पर जुआन थोड़ी होते है तो किसी को बोल देंगे भाभी की बहन पर दिल आया था एक बार मुर्शेद भैया की हालत देखकर मन बदल गया ये आप लोगों की की आदत जाएगी नहीं ये छोड़ जैसा मुंह बना के सेल्फी लेने की ये क्या होता है क्या होता है ये? ये क्या? क्या कर रहे हो? है? इस छोटी सी जिंदगी में चाहे मेरा कुछ भी न हो लेकिन गलती हमेशा मेरी ही होती है अरे दीदी को सुसु कर रहा है है, वो। ओ भाई साहब, पेड़ है, दिखाई नहीं दे रहा ओ मैडम थोड़ा साइड में आ जाओ, फिर दिखाई देगा। क्या बात भाई, बहुत गुस्से में नजर आ रहा हाँ यार एक तो सब काम धंधे छोड़कर लड़ाई देखने जाओ ऊपर से लोग कहते हैं चलो चलो भीड़ मत लगाओ तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ पर तू तेली इतना लगाती है कि हर बार फिसल जाता हूँ असलामकुम बताओ भाई भाई। यार अब तो हद ही हो गयी गाँव की एक औरत कह रही थी कि हमारी लैटरिंग आई थी सरपंच खा गई